यही का छापा सोनू सूर पर पड़ेगा इसलिए कि आप गरीबों की मदद क्यों कर रहे हैं आपके मदद करने की वजह से लोगों को यह लगने लगा है कि सरकार अच्छा से मदद नहीं क्योंकि सरकार चाहती है कि सब लोग कुत्ते की जिंदगी जी ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि इज्जत क्या चीज होती है इसलिए छापा कहाँ चला गया सोनू सूर लेकिन शिक्षा वो चीज होती है जो कभी आपको गिरने नहीं देगी आपको एहसास याद रखेगा इस चीज ये जानबूझकर उसके ऊपर छापा मारा गया और कोई कारण नहीं हम तो कहते हैं कि उसने लूटा ना तो भी हम उसके साथ क्योंकि उसके साथ। लूटने वाला। सीबीआई छापा मारते हैं आप इनकम टैक्स है सीबीआई नहीं है इनकम टैक्स का छापा एक बात बता भाई इनकम टैक्स कोई ही छापा मारना था नोटिस भेज देता की देखिये सोनू सूट आपके हिसाब से बीस करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा आप आके हमको इसका हिसाब दे दीजिए और अगर सोनू सूट हिसाब नहीं देते तो मार दो छापा कोई क्रिमिनल है, है कम तो हजार लोगों की जान जाएगी कोई इंसान अब खुल के आगे किसी की मदद करने नहीं आएगा पप्पू यादव बिहार में मदद की है जेल चल गए जेल अभी तक निकले नहीं बिहार का सोनू सूट कहा जाता था तो वो कैसे बचेंगे जब वो ये जेल में चल गए तो बड़का सोनू सूट कैसे बचे पप्पू यादव छोटा सोनू ओरिजिनल कैसे बचेगा दिया ना पे जेल आप जब भी अच्छा काम कीजिएगा आपके ऊपर कुछ ना कुछ सीबीआई का छापा लगेगा लेकिन इन और वालों को ये पता नहीं है कि सोने को आग से डर नहीं लगता है आग से निकलने के बाद और चमक जाता है पहला ऐसा मौका है कि इनकम टैक्स को लोग गरिया रहे कोई सोनू सूट को गरिया है नहीं। वही गरिया है जो खुद घोटाला की है समझा गया अब जैसे कंगना रानोट वो पसून तो नहीं सुटे गरीब ही करेगी किसको संग ना को वो पागल है चलिए ध्यान से समझ